अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पर आपको सोनियों जियान और डोरामी दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चौंसठ ऑप्शन बी छत्तीस ऑप्शन सी सोलह या ऑप्शन डी पंद्रह निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है ऑप्शन सी 16।